आपको पता है हमारे दुनिया में कितने देश हैं और दुनिया में सबसे मेहनती जीव कौन सा है सब जानकारी देंगे आपको इस में इसी ऐसी शॉर्ट के अंदर बने साठ नंबर थ्री हर दिन 120 सौ बीस करोड़ मैगी के पैकेट खाए जाते हैं और जितना समय आपने सुनने में लगे उतना समय तो दो हजार पैकेट खीन चुके होंगे सात नंबर टू दुनिया में सबसे मेहनत जीव कौन एक चीजें हैं क्योंकि चेटी एक दिन में जब सोलह मिनट तक छोटी है नंबर हमारे दुनिया में कुल वन हंड्रेड नाइन्टी है ऐसे इंटरफेट जाने के लिए हमारे चैनल